दोस्तों कैसा रहेगा जब आपकी शादी में आपके पत्नी का प्रेमी उसकी मांग में सिंदूर भर दे ये एक ऐसा मामला है अगर ये स्टोरी आपके साथ हुई तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और अगर ये स्टोरी आपके किसी फ्रेंड के साथ होगी तो आप सभी अपनी हिस्से रोक नहीं पाओगे कुछ इसी तरह का मामला हमें यूपी के गोरखपुर में देखा जहाँ पे शादी के मंडप में लड़की का प्रेमी आ गया और होने वाले पति के सामने सिंदूर भर दिया पत्नी गुस्से से आग डबूला हो गया और वही कुछ चप खा रहा फिर काफी झड़प के बाद में प्रेमी को पकड़ लिया गया और लड़के को बहुत समझाने बुझाने के बाद में शादी के लिए फिर से मंजूर कर लिया